अब मौसम आ गया है पढ़ाई करने का बहुत ही जल्द वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है आपके दिसंबर के बाद जो लोग हॉस्टल ना सब इंस्पेक्टर या जितने भी एग्जाम की तैयारी करना, करना चाहते हैं चाहे अब व्यापम पीएससी एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क के साथ हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जाएगा चौदह नवंबर से यानी कि मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स सकी तो मैं रुपेश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके ऑफिशियल YouTube चैनल पर मैथ्स की क्लास यानी कि चौदह नवंबर से प्रारंभ होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लोग पी व्यापम एस एस जितने भी परीक्षाएं होती हैं आप गणित की तैयारी कर लीजिएगा गणित की तैयारी मैं करवाने वाला हूँ चौदह नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी टाइम एंड वर्ग टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा 10 से 12 क्वेश्चन यानी कि 10 से 12 प्रकार के टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा गणित की क्लास में ठीक है तो जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है यानी कि टाइम टू टाइम क्लास मंडे से स्टार्ट होने वाली है टाइम एंड वर्क क्लास रख लीजिएगा बार बार आप ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि जितने भी परीक्षाएँ हुई हैं वहां से आपको बिल्कुल पूछे गए हैं तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, ही आएंगे। मैं गारंटी देता हूँ अगर वो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा मतलब समझ लीजिएगा टॉपिक बिल्कुल आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले ठीक है तो मंडे से क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ से जीरो से जीरो बन जाइएगा सात जन्म लेने पर भी यह ट्रिक आप नहीं भूलने वाले तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है ये गणित की क्लास है मैं आपको तैयारी करने वाला हूँ गणित की जीरो से आप हीरो बिल्कुल बन जाएंगे ठीक है और एक नवम्बर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हॉस्टल वार्डन ऐसा भर्ती की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है आप जाके बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा ठीक है एक नवंबर से बिल्कुल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भारत का सामान्य ज्ञान चाहे तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल के, के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है ठीक है डेली क्लासेस चल रही है कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है हॉस्टल वाडाने की साथ ही हॉस्टल वाडाने के बारे में बात करने वाले हैं तो हॉस्टल वाडाने में टोटल डेढ़ प्रश्न आते हैं डेढ़ नंबर का उसमें कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है ठीक है तो 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है कंप्यूटर में अगर आप 25 नंबर नहीं लाते तो आपको फेल माना जाएगा आपका ओएमआरसी चेक नहीं किया जाएगा चाहे आप हिंदी में पूरा पूरा नंबर ला लीजिए या फिर गणित में पूरा नंबर ला लीजिएगा या किसी भी सब्जेक्ट में आप पूरा नंबर ला लीजिएगा ठीक है अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं होते तो आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर चेक नहीं किया जाएगा बिल्कुल आप फेल माने जाएंगे ठीक है इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी को कि अगर जो लोग हॉस्टल वार्डन ऐसा भर्ती है जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाइएगा बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ठीक है